साथियों नमस्कार स्वागत है राशिफल के इस कार्यक्रम में 31 जुलाई का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए क्या ऐसे दिव्यतम प्रयोग करें कि दिन शुभ हो आपके लिए शुभ कलर शुभ अंक क्या रहेगा इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे लेकिन पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं दर्शकों पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है आप लोगों को भी पता होगा ये पाँच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करर ये पंचांग के पाँच अंग हैं तो पंचांग क्या कहता है विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर शख उत्तरायण चल रहा है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी देखिए सुबह ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक तो चतुर्दशी रहेगी इसके उपरांत अमावस्या तिथि रहेगी हमने आपको पूर्व में बताया था चतुर्दशी तिथि के दिन शहद का सेवन करना शहद का दान करना इत्यादि की मनाही रहेगी नक्षत्र जो रहेगा ये पुनर्वसु रहेगा और इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा योग जो रहेगा दर्शकों ये व्रज योग रहेगा इसके उपरांत सिद्धि योग रहेगा करण रहेगा शक्नी इसके उपरांत जो है चतुष्पा करण और अंत में जो है नाग करल रहेगा चंद्रदेव का जो गोचर रहेगा सुबह नौ बजकर सोलह मिनट तक मिथुन राशि में रहेंगे इसके उपरांत स्वराशि अर्थात कर्क कर राशि में चलायमान रहेंगे सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पांच बजकर छियालीस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त की बात करें तो शाम को जो है छह पर सूर्यास्त होगा राहुकाल की बात करें तो राहुकाल बुधवार का जो रहेगा बारह बजे से लेकर डेढ़ बजे तक का रहेगा शुभ मुहूर्त की यदि हम बात कर लेते हैं विजय मुहूर्त की बात करते हैं आप लोगों को शुभ कार्य कब करना रहेगा तो प्रयास करिएगा कि सफेद तिल से बनी हुई वस्तु का सेवन कर सकते हैं धनिया का सेवन कर सकते हैं इलायची का सेवन कर सकते हैं पिस्ता इत्यादि का सेवन करके तब आप निकल सकते हैं तो इन सब चीज़ों की ध्यान देने की आवश्यकता है चलिए मेष राशि की ओर चलते हैं सितारे क्या कहते हैं तो मेष राशि के जातकों आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आपको दिन है आवास की समस्या का सोल्यूशन आज होता हुआ जो है नज़र आ रहा है आज कोई जो है ऐसे संबंध आएंगे यदि आप अविवाहित हैं तो आप विवाह के बंधन में भी देखिए बंधने के लिए कोई संबंध आज आपके यहाँ आ सकते हैं परिजनों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे धन प्राप्ति सुगम रहेगी भागदौड़ अधिक रहेगी कोई महंगे आभूषण की प्राप्ति आज मेष राशि के जातकों के लिए संभव है उपाय के तौर पर गणपति अथक शीर्ष का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वृषभ राशि के जातकों इकतीस जुलाई का राशिफल क्या कहता है तो नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं समझ और संभल कर कार्य करेंगे तो आज आप सफल रहेंगे शत्रुओं से गुप्त शत्रुओं से बेसिकली आज, आज आपको सावधान रहना है आज आपके कार्य क्षेत्र पर आपके पीठ पीछे कोई अपना ही आपका साजिश कर सकता है निजी जीवन में वृषभ राशि के जातकों की आज व्यस्तता ज़्यादा रहेगी आज यात्राओं का योग है धन लाभ अच्छा होगा पूर्व में किए गए निवेश से भी आज आपको दिखाई दे रहे साझेदारी आज आपको संभाल कर करनी है जी हाँ यदि कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में आप शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए इंतजार करिए उसके बाद करिएगा चांदी से बनी हुई कोई वस्तु आज आप अपने शरीर पर धारण करिए और कोशिश कीजिए कि आज शिवलिंग पर आप जल में इत्र डाल करके तब अभिषेक करिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है शुभ कलर जो आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा रंग ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः दर्शकों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ आप सभी के बीच 10 से 12 अगस्त दिल्ली आ रहे हैं तो जिन भी दर्शकों के जीवन में परेशानियां आ रही हैं और अभी तक उपाय वगैरह करके थक गए हैं हार गए हैं जोशियों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं तो एक बार आखिरी मौका हमको ज़रूर दीजिए और छः महीने का कम से कम समय दीजिए आपके लिए एक ऐसा ट्रैक तैयार करेंगे जिस पर आप मैराथन दौड़ेंगे तो मिथुन राशि के जातकों क्या कहता है आज का दिन तो आज आपकी कार्य पद्धति से अधिकारी बड़े प्रसन्न रहेंगे संतान के कार्यों से कुछ तनाव हो सकती है और आपकी चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी अचानक बड़े खर्चे आज आपके सामने आएंगे अपनी कीमती वस्तुओं को आज संभाल कर रखने का दिन रहेगा कोई विरोधी आपके प्रति आज सक्रिय होता हुआ नजर आएगा आज इलेक्ट्रिक से चीज़ें जो है जुड़ी हुई चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि तो कोई गैजेट है उस पर आज आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणेश जी को आपको दूरबा चढ़ानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन कर्क राशि के जातकों तो जो भी आज कार्य करिएगा बड़े होशियारी से करिएगा और कई लोगों की नजर आज आप पर रहेगी आज बकाया वसूली करने का दिन है व्यवसाय यात्राएं सफल होंगी लाभ के अवसर आज आपके हाथ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कारोबार में आज आपकी भागदौड़ बहुत अधिक रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप गणेश जी को दूध अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा पिंक कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन सिंह राशि के जातकों 31 जुलाई का राशिफल क्या कहता है तो अध्ययन में रुचि ना होने से परिवारजनों से कुछ अनबन हो सकती है अचानक हानि संभव है नई व्यावसायिक योजनाएं बनती हुई दिखाई पड़ रही है आज परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा यदि कोई निवेश कर रहे हैं तो इसमें लाभ के अवसर आपके रहेंगे आज कार्य में आपके सुधार होगा करना क्या रहेगा श्री यंत्र के सामने बैठ के आपको आज श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा शुभ कलर जो रहेगा आपके लिए ये रहेगा नीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा अंक चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो परिजनों के साथ आज किसी तीर्थस्थल पर आप जा सकते हैं आज आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा आज के दिन आप कोई नया निवेश स्टार्ट कर सकते हैं आज आपके मन में इच्छित कार्यों की सिद्धि होगी भवन में भूमि में आज आप निवेश करते हुए नजर आएंगे नए वस्त्रों की प्राप्ति संभव है आज आपके देखिए सर में माइग्रेन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको पीड़ा होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए ओम मंत्र का आप लोग उच्चारण करिए गायत्री मंत्र की कम से कम आप लोग एक माला अवश्य जपे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात तुला राशि के जातकों आज 31 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा तो आपके व्यवहार के कारण आज लोग आपकी तारीफ करेंगे वाहन मशीनरी अग्नि के प्रयोग से आज आपको सावधानी रखना है एक बात और बता दें आज कोई नया आप लोग भूमि क्रय करते हुए नजर आएंगे कोई कीमती वस्तु आज आपकी गुम हो सकती है गलत मार्ग पर जा करके आज आपको जोखिम नहीं लेना है भविष्य के लिए किसी निवेश की आज आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है वही तुला राशि के जातको आज माता का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कार्य क्षेत्र पर बड़े बदलाव की उम्मीद है शुभ आपको उपाय क्या करना रहेगा तो आज के दिन प्रयास ये करिएगा गणेश जी को आपको मीठा पान अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये ब्राउन रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा आट, हमारी अगली राशि है तो के जातकों किसी की बुरी संगति के कारण आज आपको अपमानित होना पड़ सकता है प्रेम प्रसंगों में आज वृश्चिक राशि के जातकों को अनुकूलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा परिणय संबंध के लिए या यदि आप कोई वर अथवा वधू का रिश्ता देखने जा रहे हैं तो की गई यात्राएं सफल होंगी आज शेयर मार्केट में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गणपति अथा शीर्ष का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए येलो रहेगा पीला रंग रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक धनुराशि के जातकों तो निवेश करने में आज जल्दबाजी करने से बचिएगा संपत्ति के कार्य आज, आज आपको लाभ देंगे व्यवसायिक उन्नति होती हुई दिखाई पड़ रही है विवेक से कार्य करिएगा लाभ होगा वाद विवाद मत करिएगा आज, आज आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार के जो है झूठ को मत बोलिए और आप का प्रयोग मत करिए किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आज आपको नहीं पड़ना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का आप लोग पाठ करिए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का तो अवश्य पाठ करिए शुभ पलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात मकर राशि के जात को घर के कामकाज में बड़े आज आप व्यस्त रहेंगे आज आपको हृदय से रिलेटेड कोई दिक्कत आती हुई पीड़ा होती हुई दिखाई पड़ रही है कलात्मक कार्य आज आपके सफल रहेंगे कोई निवेश इत्यादि यदि आप कर रहे हैं तो बड़ा शुभ रहेगा जीवन साथी की चिंता रहेगी स्वर्ण प्राप्ति की संभावनाओं से आज इंकार नहीं किया जा सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग शिवलिंग पर जल में इलायची डाल करके अभिषेक करियोग नम शिवाय मंत्र से मनोकामना आपकी पूर्ण होगी शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपका कैसा जाएगा देखिए आज का दिन आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है बेरोजगार लोगों को कोई नए रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है संतान पक्ष से चली आ रही बाधाओं से मुक्ति का दिन आज का रहने वाला है किसी नए व्यापार में आज आप निवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो लिखा पढ़ी में करिएगा आज के दिन किसी को पैसा आपको उधार नहीं देना होगा वाहन आज आपको सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो रुद्राष्टक के पाठ से भगवान भोलेनाथ पर दूध से आज, आज आप अभिषेक करिए और कोशिश कीजिएगा एक बिल्वपत्र जरूर चढ़ाइएगा और उस बिल्वपत्र से बिलपत्र की डंडी तोड़ करके लाल चंदन से आज आपको उस पर श्री मंत्र लिख करके तब पहना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा अंक नौ अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो मीन राशि के जातको आकस्मिक धन लाभ होने का आज दिन है आज प्रातः काल से ही यात्राओं का योग है आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा संतान पक्ष की चिंता स्वास्थ्य खराब कर सकती है आज आपके विरोधी शांत रहेंगे कोई नया निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा आज के दिन आज उच्चाधिकारी आपको कोई महत्वपूर्ण जो है ज़िम्मेदारी दे सकते हैं जो लोग अध्या जो है अध्यापक वर्ग से संबंधित है अध्ययन अध्यापन में रुचि लेते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है हो सकता है कि उनको कोई नया प्रमोशन वगैरह आज मिल जाए खास करके जो लेखक हैं अध्यापक हैं राइटर हैं इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा आज का दिन रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन दुर्गा जी के बत्तीस नामों का आप लोग